नमस्कार स्वागत अभिनंदन वृश्चिक राशि के जातकों नवंबर का यह माह आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा इस माह में क्या क्या घटनाएं आप लोगों के साथ घटित होंगी वृश्चिक राशि के जात को नवम्बर माह के सबसे अनुकूल दिवस कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे तथा इस माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम जो प्रयोग है ये हम आपको बताएंगे आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले हम बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है तो वृश्चिक राशि के जात को राशिफल हमारा चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि आप लोग तो जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों 16 और 17 नवंबर को मुंबई आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी मुंबई से और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है वही 23 और 24 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है आप लोग दिल्ली आकर के मिल सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है आप लोग हमारे इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे ये जो राशिफल है ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर ये आपके ऊपर सटीक बैठे ऐसी कोई पर यहाँ पर गारंटी नहीं है 30 से 40 परसेंट ही सटीक बैठेगा कारण इसका ये है कि आपके जीवन में आपकी वास्तविक कुंडली क्या कह रही है आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है उसके सब डिविजनल चार्टिस क्या क्या कह रहे हैं आपकी महादशा क्या चल रही अंतरदशा क्या है आपकी योगिनी दशा कौन कौन सी चल रही है आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं किनके नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो दर्शकों ज्योतिष बहुआयामी है तो इसीलिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके वास्तविक स्थिति का पता अपने जीवन में लगा सकते हैं व हमसे उपाय जान सकते हैं आपके जीवन में आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को 100 परसेंट नहीं हटा पाएंगे लेकिन हां कुछ प्रभाव तो उसका कम ही कर देंगे तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं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 तेईस बाईस तारीख को शुक्रवार दिन रहेगा उत्पन्ना नामक एकादशी का व्रत रहेगा और दर्शकों चौबीस तारीख रविवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा छब्बीस तारीख मंगलवार दिन रहेगा दक्ष अमावस्या रहेगी और तीस तारीख को शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी रहेगा दर्शकों आप लोग स्क्रीन पर एक कुंडली देखिए और यहाँ पर वृश्चिक राशि मतलब लग्न में ही देखिए शुक्र विराजमान है गुरु केतु शनि ये धनु राशि में है सूर्य बुद्ध मंगल तुला राशि में है अभी हमने वृश्चिक संक्रांति के बारे में बताई थी तो 17 तारीख को सूर्यदेव नीच के जो प्रभाव दे रहे थे ये निकल करके लग्न में आ जाएंगे मतलब ग्रहों के राजा सेनापति के घर आएंगे दर्शकों तेरह तारीख को जो है मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे तथा जो बुद्ध वक्री हैं तारीख को ये पुनः मार्गी होकर के तुला राशि में भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का मेजर जो है मतलब जो राशि परिवर्तन था ये हो चुका है और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हमने इस पर अलग से एपिसोड वीडियो बनाया हुआ है आप लोग जा करके देख सकते हैं शनि यथावत अभी धनु राशि में ही रहेंगे शनि के साथ साथी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल लास्ट अब चल रहा है बस थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए फिर अच्छे दिन आएंगे तो नवंबर माह कैसा जाएगा इस पर अब हम जो है चलिए दृष्टि डाल लेते हैं। चंद्रमा को यहाँ पर हमने मानक मान करके और नक्षत्रों को मानक मान करके ही राशिफल इस माह का संपूर्ण तैयार किया हुआ है तो वृश्चिक राशि के जात ये माह जो रहेगा आपका सामान्य नहीं कहा जा सकता है एक बात और बता दें कि आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा अन्यथा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है आपके ऊपर कोई दबाव हो सकता है मुश्किल हालात से उबरने में जीवन साथी ही आपकी मदद करेंगे कुंडली का लग्नेश तो यहाँ द्वादश भाव में आपके आ गए हैं जो द्वादश भाव होता है ये होता है हानि के हानि का ये होता है खर्चों का ये होता है अपमान का ये होता है कर्ज का ये होता है नुकसान का ये होता है संन्यास का तो आपको कोई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस इस माह आपको आएगी ही आएगी आपसे कोई उधार ले लेगा आपको पैसा नहीं देगा पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे वहीं आपकी लेफ्ट आई बाएं नेत्र से संबंधित कोई विकास इस माह आ सकता है इस माह हॉस्पिटलाइज होने के भी योग वृश्चिक राशि के जातकों के बन रहे हैं दोस्तों का रुख आपके प्रति सकारात्मक नहीं रहेगा जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे दर्शकों राहु देव अष्टम स्थान पर बैठे हुए अष्टम स्थान जो होता है ये तुल कष्ट का भी होता है एक्सीडेंट्स का भी होता है आकस्मिक परिवर्तन का भी होता है तो कोई दुर्घटना इत्यादि भी घट सकती है आप आर्थिक संकट में आ सकते हैं पैसा बहुत ज्यादा खर्च करेंगे वहीं सेकेंड हाउस में जो गुरु केतु शनि बैठे हुए हैं तो यहाँ पर वाड़ी आपकी बड़ी गंदी रहेगी आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे तो इनसे आपको बचना रहेगा कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी व्यापार के लिए मंदी का समय है नौकरी वालों के लिए हम बता दें कि अच्छा समय नहीं चल रहा है क्योंकि देखिए नौकरी के कारक ग्रह जो आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये द्वादश में हैं नीच के हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में मेजर प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी परेशानी चल रही होगी लेकिन दर्शकों एक बात बता दें कि 17 तारीख के बाद से भाग्य अचानक से आपका पलटेगा जैसे ही देव सेनापति के घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी ये दूर होगी कार्यक्षेत्र में जो भी आपको नुकसान हुआ था ये पुनः आपको जो है लाभ दिलाएगा कोई नया आपसे जो है व्यक्तित्व मिलेगा जिनसे आपसे संपर्क स्थापित होगा और फिर वो संपर्क बहुत अच्छा रहेगा धन तथा भोग विलास के साधनों की प्राप्ति होगी व्यर्थ के बाद विवादों से कार्यों में और रोध जो आ रहे थे ये दूर होंगे पारिवारिक संबंधों में जो तनाव अभी तक चला आ रहा था सत्रह के बाद से दूर होगा जो प्रशासनिक भय था जो सरकार से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था ये अपन आपको मिलेगा देखिए चोट लगने का तो भय है ये आप मान लीजिए और चोट चपेट लगेगी ही लगेगी तो बच के रहिएगा स्वास्थ्य आपका तो खराब रहेगा आपकी कोई वस्तु यात्रा के दौरान चोरी अथवा खो सकती है नौकरी पेशा वर्ग में भी हम आपको बता दें कि सस्पेंशन हो सकते हैं टर्मिनेशन हो सकते हैं तथा जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं इनको कोई रोजगार में हानि का सामना करना पड़ सकता है लेकिन दर्शकों मंथ के एंड में घर परिवार तथा संबंधियों का सहयोग मिलेगा झगड़े झंझट समाप्त होंगे प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा सुख की प्राप्ति होगी धन की प्राप्ति होगी व्यापार में जो अवनति चली आ रही थी ये उन्नति होगी तरल पदार्थों से सुगंधित द्रव्यों से कॉस्मेटिक चीज़ों से और सौंदर्य प्रसादनों के व्यापार में जो लोग हैं इनको लास्ट में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतान के सुख में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ रही क्योंकि जो आपके पंचमेश जो बनते हैं ये केतु के साथ पीड़ित हैं और शनि के साथ पीड़ित है विरोधी आपके बीच प्रखर होंगे देखिए जो सेकंड स्थान होता है ये आपके फिक्स धन का होता है तो हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य पर जो आपने एवडि वगैरह कराई हो वो जो है टूटती हुई दिखाई पड़ रही है अविवाहितों के विवाह के लिए जो समय है वो अभी उपयुक्त नहीं रहेगा थोड़ा सा विवाह में विलम्ब होगा शिक्षा तथा अध्ययन में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है तो ये माह बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक रखना है क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है कुछ प्रयोग दर्शकों हम आपको बताएंगे, लेकिन उनसे पहले आप लोगों के लिए जो लकी डेज हैं वो हम आपको बता देते हैं इस माह के सर्वथा जो शुभ दिवस रहेंगे तो दो तारीख चार तारीख आपके लिए है उसके बाद आठ तारीख है फिर अट्ठारह तारीख है उन्नीस तारीख है चौबीस तारीख है पच्चीस तारीख है अट्ठाईस तारीख है उनतीस तारीख है और इकतीस तारीख है ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे लेकिन जो अशुभ दिवस हैं प्रतिकूल दिवस हैं तो ये एक तारीख छः तारीख नौ तारीख दस तारीख ग्यारह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख सत्रह तारीख 21 तारीख 23 तारीख 27 तारीख ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस है इन दिवसों में आपको सावधान रहना रहेगा उपाय पर चलते हैं दर्शकों लेकिन 16 और 17 तारीख को मुंबई में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं 23 चौबीस तारीख को दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं उपाय नंबर एक चूंकि शनि की साढ़े का बिल्कुल लास्ट चरण अब है बिल्कुल उतरने ही वाली है तो प्रतिदिन दशरथ के स्त्रोत का आप लोग पाठ कीजिएगा कुछ पंडित लोग कहते हैं अरे शनिवार के दिन दशरथनिरोनिवारगी तो तो क्यों गलत कह रहे हो तो बताइएगा तो ऐसा नहीं है दर्शकों आपको प्रतिदिन वो जो विकार है ना जब आप उस मंत्र को पढ़ेंगे जब दशरथ के शनि स्रोत को पढ़ेंगे तो जो शनिदेव का कु प्रभाव है ये कम होगा खत्म नहीं होगा कम होगा दूसरा दर्शकों इस माह किसी को उधार आपको नहीं देना है और जिनसे आप जिनको आपने पैसा दे रखा है उनसे कोशिश कीजिए मांगने की आप कोशिश कीजिए चेष्टा कीजिए आपको मिलेगा नित्य बजरंग बाढ़ का आपको पाठ करना रहेगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको डेली करना रहेगा यदि डेली नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन और रविवार के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना ही करना रहेगा सूर्यदेव नीच के हैं तो कोशिश कीजिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए एक बात और बताना चाहेंगे स्वास्थ्य यदि थोड़ा सा भी डाउन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास भागिएगा लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा मन जब आपका अशांत हो जाए भ्रामरी प्राणायाम आप लोग करिए कपाल भारती करिए आपका वजन भी इस कुछ बढ़ेगा तो कपाल भारती यदि करेंगे तो कम होगा जल का सेवन अधिक से अधिक करिए जब जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में दोष बनाएगा जब जब चंद्रमा अष्टम स्थान में राहु के साथ आएगा ग्रह दोष बनाएगा जब जब चंद्रमा द्वादश स्थान पर के के साथ जाकर जड़ दोष बनाएगा यकीन मानिए वृश्चिक राशि के जात को वो दिन आपका जो सवा दो दिन रहेगा ना कटना मुश्किल हो जाएगा तो जो उपाय बता रहे हैं बिना कुंडली दिखाए बिना कुछ किए इन उपायों को तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए सूर्यदेव को यदि अर्घ आप लोग कहेंगे ठंडा आ रही डेली नहीं नहा पाते हैं लेकिन दर्शकों 17 तारीख तक तो एचलीस्ट जब तक नीच के हैं तब तक तो आप इनको जल दीजिए ही दीजिए दूसरा दर्शकों दशरथ के शनि स्त्रोत कोई बहुत बड़ा स्त्रोत नहीं इसका आप लोग पाठ तो करिए इस माह आप लोग ब्लैक कलर को एवॉइड करिए देखिए आपके जीवन में कितनी ज़्यादा जो है पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता घुल के रहेगी तो दर्शकों कैसा लगा हमारा राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने शहरों में मिल सकते हैं 16 सत्रह तारीख को मुंबई और 23 और 24 तारीख को दिल्ली में दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में अपने तब तक के लिए नमस्कार